फ्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है टक विथ सूर्या तो वी दिख रहा है तो हमारे पास काफ़ी ख़ास टॉपिक रहने वाला है बीवो के यूरस के लिए लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फटाफट से कर लो उस चैनल को सब्सक्राइब क्योंकि यहाँ पर इसी तरह पर कंटेंट लेकर आता रहता हूँ तो चलते अपने टॉपिक की तरफ तो बेसिकली देखा है तो हमारे पास काफ़ी सब्सक्राइबर भी हैं और काफ़ी यूज़र भी हैं जो कि यूज़ कर रहे हैं अपने वीवो के हैंडसेट को और उसमें यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट थीम्स को और बेसिकली देखा है तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं फोकस करूँगा अपने चार्जिंग एनिमेशन तो तो के ऊपर क्योंकि देखा जाए तो काफ़ी लोगों की डिमांड रहती है कि वो अपने वीवो के हैंडसेट में चार्जिंग एनिमेशन को यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं लेकिन पहले नंबर की थीम की बात करते हैं जिसका नाम है आ तो आप जैसे ही आप यहाँ पर अपने थीम स्टोर में जाकर उसमें इसी नाम को यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको इसी थीम्स थी आप देखने को मिल जाएगा कुछ इसी तरीके का मिल जाएगी और उसके चार्जिंग एनिमेशन की बात करते हैं तो हमें है, तो कुछ इस तरीके का चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिल जाएगा और एक और मैं आपको चीज बताऊँ की जो कि मैंने सबसे पहले ट्राई किया था तो मैंने इसी चार्जिंग एनिमेशन को करीब पंद्रह से बीस दिन तक मैंने इसको ट्राई किया हुआ था अगर आपको ये चार्जिंग एन्मेशन अच्छा लगता है तो आप यहाँ पर इसको आप ट्राई कर सकते हो अगर आपके पास है कोई तीन से चार साल पुराना वीवो का डिवाइस उसके लिए ये चार्जिंग एन्मेशन काफ़ी अच्छा रह, आ, रहने वाला है क्योंकि जिसका जो एम इसकी जो, जो वाली जो थीम्स है उसका साइज़ हमें काफ़ी कम देखने को मिल जाता है और जो चार से पाँच साल पुराने वीवो के डिवाइस हैं वो हमें काफ़ी तरीके से हैंग होने लगते हैं तो उस से इस चार्जिंग एनमिशन को आप अप्लाई कर सकते हो और आपके पास है कोई न्यू डिवाइस जिसको यहाँ पर जो समय एक या दो साल ही हुआ है तो आप यहाँ पर कोई भी थीम्स को सेलेक्ट कर लीजिए आपके मैं सभी थीम्स जो मैं आगे बताने वाला हूँ वही तरीके से स्मूथली तरीके से वर्क करेंगी और आपका डिवाइस हो चुका है ज़्यादा पुराना तो आप इस थीम्स को आप ट्राई कर सकते हो और अब इसको यहाँ पर तरीके से आपको एक्टिवेट कैसा करना है जिसका प्राइज़ जो मैं सिक्सटी रुपीज़ देखने को मिलेगा वो मैं वीडियो के आगे बताऊँगा लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ थीम्स और बताता हूँ तो हम नेक्स्ट सिम की बात करते हैं जिसका नाम है स्पेशल इफेक्ट जो कि आप यहाँ पर अपने थीम स्टोर पर जैसे ही सिमरी तरीके से आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का आइकन देखने को मिल जाएगा इसका लुक हमें कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा जिसका प्राइस है रुपीज़ के आसपास और इसका जो साइज हमें यहाँ पर फोर्टीन पॉइंट के आसपास हमें देखने को मिल जाएगा और इसका जो चार्जिंग एनिमेशन की बात करते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिल जाता है जिसका हमें कुछ इस तरीके का लुक देखने को मिलेगा और अब नेक्स्ट थीम की बात करते हैं जिसका नाम है प्रो मैक्स जो हमें काफ़ी अच्छी तरीके से थीम देखने को मिल जाएगी और जो थीम है ये वाली वो पूरे आई पे बेस्ड रहने वाली है और उसका जो लुक के साथ साथ हमें कुछ इसका जो नोटिफिकेशन वार रहता है वो भी हमें आई की तरह है, हमें कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल जाएगा और उसका जो डायलर रहता है उसको भी हमें कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा और तो उसका जो चार्जिंग है वि करते हैं वो भी हमें कुछ आई की तरह देखने को मिल जाएगा जिसका आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो और अब नेक्स्ट सिम की बात करते हैं जिसका नाम है एक्सट्रीम एक्सेस जो कि एक तरीके से इसका जो वाल है मैं काफ़ी यूनिक देखने को मिल जाएगा अगर आपके पास है कोई वीव्यू का डिवाइस जिसमें यहाँ पर एच डिस्प्ले है फुल एच प्लस नहीं है तो उसके लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा बॉल पेपर रहने वाला है क्योंकि तो ये वाला आप जैसे ही बॉल अप्लाई करेंगे ये वाली थीम अप्लाई करेंगे तो इसका जो बॉल है वो मैं कुछ फुल एच डी की तरह ही लुक हमें एक तरीके से देगा तो आप यहाँ पर इसको भी यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हो और इसके अंदर हमें कोई चार्जिंग एनोमेशन देखने को नहीं मिलेगा इसका जो लॉक स्क्रीन है वो हमें काफ़ी तरीके से सिंपल देखने को मिलेगा जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं इसका जो साइज जब हमें टेन पॉइंट टू सेवन देखने को मिल जाएगा जिसका प्राइज हमें सिक्सटी है बट मैं वीडियो को आगे आपको बताऊँगा कि आप इस इसको परमानेंटली तरीके से कैसे एक्टिवेट कर सकते हो तो अब नेक्स्ट टीम की बात करते हैं जिसका नाम है क्लासिक ओएस जो कि एक तरीके से ये भी हमारे पास जो ओएस है वो हमें आई पे बेस्ड पे रहने वाला है जिसका मैं आइकन के साथ साथ इसका जो नोटिफिकेशन वार और साल का जो डायलर रहता है वो हमें हम कुछ आई की तरह देखने को मिल जाएगा और इसका जो साइज़ है वो हमें यहाँ पर टेन एम के आसपास देखने को मिल जाएगा और उसका जो प्राइज है वो हमें सिक्सटी देखने को मिलेगा और उसके जो एंड एन चार्जिंग एनिमेशन की बात पे नज़र डालते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा जो कि मैंने इसको भी यहाँ पर ट्राई किया हुआ था पंद्रह से बीस दिनों तक आप भी ट्राई कर सकते हैं काफ़ी अच्छा मैं यहाँ पर जो चार्जिंग एनिमेशन देखने को मिल जाता है काफ़ी यूनिक भी देखने को मिल जाता है आप इस वहाँ ट्राई ज़रूर कर सकते हैं आप लेकिन अब ट्रिक बताने से पहले मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया हुआ है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी आप वहाँ से मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकती हो क्योंकि जो छोटी छोटी बातें हैं वो यहाँ पर इंस्टाग्राम में स्टोरी में पोस्ट करता रहता हूं, फटाफट -पड़ से बात कर लेते हैं कि इन थीम्स को यहाँ पर आप लाइक कैसे कर सकते हैं तो उसके तो लिए सबसे पहले चले जाओगो अपने थीम्स वाले ऑप्शन आइकन पे लेकिन उससे पहले आपको एक और चीज़ सेटिंग में कर लेनी है जैसे कि आप यहाँ पर सेटिंग में मैं चले बता देता हूँ और सेटिंग में बता जैसे यहाँ पर ऑल पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर एप्लीकेशन को सर्च कर लेना है जिसका नाम है थीम्स उसके आपको वर्जन को क्या है आपको डाउनग्रेड करना है क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो एक तरीके से जो थीम्स है वो हमें कुछ जो थीम्स हैं बेसिकली वो हमें यहाँ पर उसी वर्जन पे काम करते हैं अगर उससे हाइयर वर्जन रहता है तो उसके में हमें और जो थीम्स वर्क नहीं कर पाते हैं जिसका वर्जन हमें 5.6.4.0 देखने को मिल जाता है और इसके जो एक तरीके से जो 6.0 के ऊपर के वर्जन है उसमें यहाँ पर जो एक तरीके से जो ट्रैक है वो हमें कवर नहीं कर पाती है अगर आपके फाइव पॉइंट के साथ साथ आपको 5.7 पॉइंट सेवन या फाइव भी वर्जन आता है अगर तो उस पर यहाँ पर वर्क करेगी अगर आपको यहाँ पर जो लेटेस्ट डिवाइस है उसके लिए मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली रखी है आप वहाँ से जाकर अपने थीम्स के एप्लीकेशन को डाउनग्रेड सिम्पली तरीके से कर सकते हैं नहीं तो आप यहाँ पर सेटिंग बने ऑप्शन पर जाएँगे वहाँ से आप एप्लीकेशन के बाद ऑल पे सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर इसमें यहाँ पर अन अपडेट का ऑप्शन देखने को मिलेगा आप सिंपली तरीके से आप यहाँ पर अपडेट अपने अपलीकेशन को डाउनग्रेड सकते हो आन स्टॉल अपडेट करने के बाद और उससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि काफ़ी लोगों को लग रहा हुआ कि मैं यहाँ पर अपने वीव्यो का डिवाइस यूज नहीं कर रहा हूँ कोई दूसरा डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर आई यू वाली थीम मैंने यहाँ पर डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल किया हुआ है अगर आपको भी करना है आई थीम कैसे करना है अप्लाई तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी नहीं तो आप यहाँ पर एक मेरे चैनल पर जाकर आप यहाँ पर एक एक नाम की जो प्ले को सर्च कर आप वहाँ से एक तरीके से वीडियो को वॉज कर सकते हो और अपने डिवाइस को भी कन्वर्ट कर सकते हो आई में तो लिंक पीडियो को भी मैंने यहाँ पर आई बटन पर डाल कर रखी है आप सिंपरी तरीके से जाएं आई बटन पे उस वीडियो को देख सकते हैं लेकिन उससे पहले आप जान लें कि ट्रिक को कैसे करना है अप्लाई तो अपने एप्लीकेशन को जैसे ही आप यहाँ पर डाउनग्रेड करेंगे उसके बाद आपको चल रहना होगा थीम्स वाले ऑप्शन पे उस पर आप जाएंगे लोकल वाले ऑप्शन पे और लोकल वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको सिम्पली तरीके से जाना होगा सेटिंग वाले ऑप्शन पे और वहाँ पर जो चेंज होम स्क्रीन बॉल पेपर थीम नाम से जो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको सिम्पली तरीके से उसको इनेबल कर लेना है और सेकेंड वाले ऑप्शन को जो कि स्क्रीन लॉक स्क्रीन लॉक जो बॉल रहता है बेजोन थीम उसको भी आपको इनेबल कर लेना है और उसके बाद आपको चले जाना होगा लोकल थीम्स वाले ऑप्शन पे जो आपने यहाँ पर थीम्स को डाउनलोड किया हुआ होगा उसके बाद आपका यहाँ पर ट्राई नाउ के बाद उसको आपको डाउनलोड किया हुआ होगा उसके बाद आपको जो थीम्स है वो हम यहाँ पर लोकल वाले थीम्स में चली जाएंगी उसके बाद आपको जैसे ही उस पर सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर ट्राई इट नाव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है तो हमारे पास जो थीम्स है वो हमारे पास ये पाँच मिनट के लिए अप्लाई हो जाएगी तो उसके बाद आपको क्या करना है आपको यहाँ पर इसको परमानेंट तरीके से एक्टिवेट करना है तो आप यहाँ पर इस तरीका जो एक थीम्स है उसका हम यहाँ पर लुक देख सकते हैं जो कि मैं कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा उसका नोटिफिकेशन बार कुछ इस तरीके का है तब तो इस थीम्स को करना है परमानेंटली तरीके से एक्टिवेट तो उसके लिए सबसे पहले जाना होगा थीम्स वाले ऑप्शन पे और थीम्स वे ऑप्शन पर जाने के बाद आपको चले आना सेटिंग वाले ऑप्शन पर और उसके बाद जो सेटिंग एनेबल की हुई थी उनको ऑप कर देना है डिसेबल तो सेकेंड वाली और ये फोर्थ वाली उसके बाद आपको चले आना होगा यहाँ बैक और बैक जाने के बाद लोकल थीम्स के बाद और उसके बाद आपको चले जाना वो सिस्टम थीम और उसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी यहाँ पर जो सिस्टम थीम्स है चार थीम्स आपको देखने को मिल जाएंगी उनमें से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर पहली वाली को सिलेक्ट करता हूँ उसके बाद आपको करना है अप्लाई तो अप्लाई करने के बाद आपको क्या क्या हुआ कि आपको जो बॉल है वो हमें कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा जो कि एक्सट्रीम ओ वाला था उसका जो हमें लॉक स्क्रीन बॉल जो कि हमारे पास जो चार्जिंग एनिमेशन है वो भी हमें यहाँ पर एक वही देखने को मिल जाएगा जो कि मैंने यहाँ पर एक बताया था जो जो जो जो साथ आना था तो वही मैं देखने को मिल जाएगा लेकिन मैं चार्जिंग एनिमेशन आपको अभी नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियो हो रहा है रिकॉर्ड और नहीं तो वीडियो स्टॉप हो जाएगा आप यहाँ पर इस ट्रेप को अप्लाई करिए और ख़ुद एक्सपीरियंस कीजिए अपने चार्जिंग एनिमेशन को और वीडियो को लाइक करना मत भू अगर हमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट स्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब अगर आपके मन में कुछ सवाल देना चाहते हैं कुछ सुझाव तो मुझे कमेंट दे सकते हैं सो थैंक्स फॉर वॉचिंग